हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग खुद डीबी ऋषि के बारे में बताऊंगा जिसकी ताकत बटी आती है जो कि, कि किसी काम का नहीं है इसको आप कितना भी सेवन कर लें तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है ये आप अगर ये आप अगर तीन महीने का डोज लेते हैं या फिर एक महीने का डोज लेते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं इसलिए इसमें पैसा व्यय करने के हमने भी अपने खुद के यूज़ के लिए मंगाया था और इसको दो महीने दो महीने दस दिन का सेव, सेवन कर चुके हैं अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हमारा वेट खुद कम हो गया है कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए इसे ख़रीदने की कोशिश ना करें केवल इसमें भरमाया गया कुछ है नहीं केवल काला नमक ये वो वगैरह वगैरह डाले हैं सब इक्कीस सौ रुपये इसका तीन महीने का कोर्स का पड़ता है सब ले और प्रिंट दिए हैं पुड़िया में केवल टैबलेट है टैबलेट में प्रिंट दिए हैं नौ का इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है ये केवल मतलब लोगों को लूट रहे हैं भ्रमण आ रहे हैं हमारी संस्था इतने दिनों से काम करती है ये करती है वो करती है तो पहले तो ये कहते हैं फिर दोबारा कहते हैं कि आप चौंतीस का दवा मंगाइए ये, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पहले तो इक्कीस सौ कहते हैं फिर कहते हैं चौंतीस का मंगाइए आप हमारे सीनियर आए हैं फ़ौरन से रिसर्च किए हैं आपको बताएँगे कि सर ये कीजिए वो कीजिए ऐसे लीजिए ऐसे लीजिए आप बता दीजिएगा कि चौतीस में पड़ेगा पाँच का दवा है आप ले पाएँगे तो पहले तो यही आप दवा खाइए इसको इससे कुछ हो ही नहीं रहा था चौथी सौ फिर फंसाइए बस ये लोग लोगों को लूटने जाते हैं और मूर्ख बना सकते हैं इसके सिवाए ये लोग कुछ नहीं जानते हैं ये एक बहुत ही फ्रॉड कंपनी है और फ्रॉड है इसके कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसे छः महीना भी खा लें तो कोई फायदा नहीं होगा इससे अच्छा है कि आप इस पर पैसा बर्बाद न करें और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और अच्छे डॉक्टर से दिखाएँ ठीक है इसके चक्कर में ना पड़े ये बहुत ही धोखाधड़ी और धांधली वाली कंपनी है हम इसको इसका ट्रायल कर चुके हैं हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा मतलब कंपनी को हम ये कह रहे हैं कि लोगों को मूर्ख बना रही है देव ये मतलब आयुर्वेद के नाम पे एक कलंक है आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बट इसका साइड इफेक्ट ये कि आपका वेट कम हो जाएगा आपको भूख नहीं लगेगा आपके सर में दर्द रहेगा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए इसके चक्कर में कते ना आए और ये जो आपको टी वी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं वो आपसे वो केवल बस भरमाते हैं उनका कोई सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है जो कि कि ये सर इसके ऊपर आप कुछ भी करेंगे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे अच्छा है कि आप खुद का देसी सेवन करें और अच्छे से अच्छा खाना खाएं या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें लेकिन भूल कर अभी दिव्य ऋषि के आए ये ताकतवती को मंगाने की मंगाए ना कतई नहीं क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है हम तो देख चुके हैं दो महीने का एक महीने का और है वो भी कर लेते हैं देखते हैं क्या होता है परंतु हम देख ही कोई प्रॉफिट पैक मंगाया था तीन मंथ का मिल जाएगी अब कॉल ही थी और थी और ये कोई नहीं उठाता है और कहते हैं सर सेवन कीजिए सेवन करते रहिए आप सेवन करिए